जल्दी या देर से लोग बदलते ज़रूर हैं क़ुरान मख्तसर किस्सा है खुदा और बंदे की मोहब्बत का कुछ वक्त अल्लाह को देने से खुद का वक्त बदल जाता है कभी जो दुआओं से ना मिल सके ब्र से मिल जाता है। कुरान मजीद की पहली सूरत ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह का सबक देती है कभी कभी इंसान को अपने मुखलस होने पर भी रोना आता है अगर तुम असमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय महब्बत आबाद करो चाय और किरदार जब भी गिरते हैं दाग ज़रूर लगता है जब सकून का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए तो इंसान बेचार नहीं होता खामोशी हर फजूल बात का बेहतरीन जवाब है सबर करो अल्लाह सबर करने वालों के साथ है तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी बेअदबी और नाशुरी के साथ जुड़ी हुई हैं। हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश नहीं होता सबसे मजबूत रिश्ता खुदा और इंसान का है बदला ना लो बस अल्लाह पर छोड़ दो जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ जाए बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है